मैं भगवान देव नारायण से अनव्रत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबके साथ से सबके विकास का आदेश इसी रास्ते पर चल रहा है।